तो गाइस के आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में फ्री फायर कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा खेला जाता है और तो और हमारे इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा फ्री प्रीफायर खेला जाता है अगर आपको पता है तो है सभी कमेंट करके बता दो नहीं पता तो मैं बता दूंगा बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल ऑडिशन को ऑन कर दो राइस तो राइस पूरे वर्ल्ड में ब्राज़ील ही ऐसी कंट्री है जिसमें फ्री फायर सबसे ज़्यादा खेला जाता है और हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा फ्री फायर खेला जाता है